हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आप सभी का स्वागत है पी के ब्लॉगर्स में दोस्तों मैंने छोटी सी शुरुआत की है मैं चाहता हूं आप लोगों तो का सपोर्ट मुझे मिले दोस्तों अपना प्यार बनाए रखना मुझ पर और मैं छोटी सी शुरुआत की है मैंने ऐसे ब्लॉग बनाना शुरू किया है तो दोस्तों चाहता हूं मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आप देख मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बताइए दोस्तों मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मुझे ऑफिस जाना होगा तो चलिए मैं रास्ते की आपको वीडियो बना के चलता हूँ तो दोस्तों जैसा कि मैं निकल गया हूँ ऑफिस के लिए और अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो ये मंडी है तो मंडी से मिली सब्जी मंडी है तो मैं इससे के अंदर से निकल के जाता हूँ सब्जी मंडी के अंदर से रोड बनी हुई है और यहाँ पे सब लोग जाते हैं तो मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ इसका कैसे सब्जी मंडी लगी होती है सभी लोग सब्जियां ख़रीदते और बेचते हैं यहाँ पे तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर देखिए आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर सब लोग सब्जियां ख़रीद रहे हैं और जो व्यापारी लोग हैं वो यहाँ पे सब्जियां बेचते हैं तो सभी लोग यहाँ पे ख़रीदने के लिए आते हैं जो कि आसपास के लोग हैं यहाँ पर तो वो सब लोग यहाँ से सब्जियां खरीदते हैं तो ये रोड के दोनों साइड में यहाँ पे सब्जियां बिकती हैं तो जो यहाँ पे थोक विक्रेता हैं कुछ ठेले वाले या जो लोग सड़क उत्पाद पे सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पे सब्जियां बेचते हैं वो सब लोग यहाँ पर लेके जाते हैं यहाँ से तो यहाँ पे सभी सब्जियां ताज़ी मिलती हैं और सुबह सुबह ये लोग आ जाते हैं अपने घर से खेतों से सब्जियां तोड़ के देख आप देख पा रहे होंगे कि आपको बहुत सारी दुकानें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी तो यहाँ पे आप सब कुछ देख पा रहे होंगे गए ये सब्जी मंडी है और अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग सब्जियां खरीदते हैं यहाँ पे दोस्तों फूड मार्केट भी है मंडी है पर फ्रूट मार्केट मेन जो है वो दूसरी साइड है उसको मैं कभी आपको दिखा देता हूँ आज नहीं किसी और दिन दिखाऊंगा मैं आपको तो ये देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है बहुत ज़्यादा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग सब्ज़ियाँ खरीदते हैं वहाँ पर तो भीड़ लगी होती है सुबह सुबह ये मेरा है मेरा रास्ता है गाइज इसी रास्ते को जाता हूं मैं डेली तो भाई अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ अभी तो काफ़ी दूर जाना है मुझे तो थोड़ा टाइम लगने वाला है अभी तो आप मेरे साथ में बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में चलते हैं ये राइज यहाँ पर एक पे मंडी का गेट है यहाँ से लोग की entry उस side से होती है यहाँ से लगभग सब लोग exit है सर ये exit है यहाँ पर यहाँ पर सब लोग निकल के जाते हैं तो अब मुझे जाना है उस साइड जहाँ से मैं लूँगा ऑटो क्योंकि मुझे निकलना है मेरे ऑफिस और ये रास्ता इसी रास्ते से आगे जाके मैं मेन रोड पे पहुंच जाऊँगा वहाँ से फिर मैं ऑटो लूँगा तो गाइफ बाइक की छोटी सी कोशिश है और आप अपना प्यार बनाए रखना बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अब मुझे यहाँ से ऑटो लेना होगा ऑफिस जाने के लिए तो ऑटो तो का थोड़ा वेट करता हूँ तो अपना प्यार बनाए रखना आपका सपोर्ट चाहिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपना प्यार बनाए रखिए सपोर्ट करता हूँ मैं आपसे